तो आज आपको उम्मीद के मुताबिक धन प्राप्ति होगा वृषभ राशि के जातकों को जो है नौकरी पेशा जो लोग हैं इनको विशेष सफलता हासिल होगी कोई नए रोजगार का आज, आज आपको सृजन हो सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर की आज आपको आज आज जॉब मिल सकती है ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा वृषभ राशि के व्यापारियों को आज आय के नए स्रोत मिलेंगे मन मुताबिक आज आपका कोई काम पूरा होने से आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा दिन भर आज खुद को तरोताजा रहेंगे सकारात्मक सोच आज आपकी जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी आज आपको छोटे छोटे